पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया मैंने कहा था ना आज से अगले महीने दे दूंगी अच्छा अगले महीने अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को तेरे पास पैसे नहीं हो तो क्या खास खा रही है हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती अरे क्या अपना के साथ सब... ऐसा कर रहे अरे जी मेरे को की शरम शर्म शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए अरे पिचारी का पति नहीं है तो तुम कर पति नहीं है तो मैं क्या करूँ ये कथा पाल के रखा न की नहीं हो तो चुका तो मेरा कर्जा बेटी साहब मेरी बेटी ने नया काम शुरू किया है अरे काम सपना देख रही हो यह काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है पूछो क्य पुष्पा ये जो कह रहे सच है क्या तुमने मेरी का काम छोड़ दिया बात कर रही हूँ मैं इनका तो खर्चा कैसे चलेगा एक मैं कल चल वापस आने वाला हूँ अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना पूरे काम के सामने सलील करूँगा असल रकम तीन हजार ब्याज की रकम तीन हजार छह सौ टोटल छः हजार छह सौ ठीक है साहब क्लियर हो गया पुष्पा दे रही सब तो सड़के अरे पर मेरे हिसाब का क्या कौन सा हिसाब में जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था अब तो चुका दिया है तो तारीफ का। ओ ऐसा है क्या अरे गणेश कुछ पहले पैसे लौटा दिए हिसाब चल चलता हूँ अरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या हा? उन लोग के घर कौन जाएगा क्या मतलब हरे गणेश कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना टोटल एक बंदे थे भाव अमर तेजा चला पति चेनम रुक क्या बात करता है इन सबके घर पे जाना पड़ेगा सुनो राइडो मेरे सारे पैसे लौटा दिए दोनों पूरे मेरे सारे पैसे लौटा दिए बहुत अच्छा बच्चा है।